हेलो किसान भाइयों गुड इवनिंग एक नए वीडियो के साथ आपको एक आज नई जानकारी देने जा रहा हूँ ये देखिए हम लोग अपने खेत पे आ चुके हैं हम लोग खेत पे ये धान फेंकने के लिए टायरों के निशान बना रहे हैं ये कल वीडियो बना नहीं पाया मैं काम इतना ज़्यादा था कल लिया यहाँ कुछ धान बो गई है भी भर गया है चार चौकों में धान खेत में खेत में धान आज और हम आप लोगों को बताएंगे हम लोग कौन सा कौन सी धान बो रहे हैं हमारी जो धान की वैरायटी है वो है ग्यारह इक्कीस बीबी ग्यारह इक्कीस जो जय भारत कंपनी की है ये देखिए जय भारत की है और 10 के का पैकेट आता है चलने साल अस्सी और जय भारत कंपनी वाले हम लोगों को मिक्सिंग कम देने का वादा किया है इस सीड में जय भारत कंपनी जय भारत कंपनी वालों का दावा है कि मिक्सिंग कम है तो हम लोग इस बार जय भारत कंपनी का के बीच का प्रयोग कर रहे हैं पिछली बार ही हम लोगों ने अभी मंजू किस सीट का हो गया चलो आपको दिखाते हैं अब आप लोगों को दिखाते हैं कि हम लोग कैसे बनाते हैं बात देखने के लिए ज्यादा बड़ी नहीं बनानी चाहिए थोड़ी देखने देर चलाई एक अपने एक लोग एक ले ज्यादा न ये छोटी बड़ी नहीं होनी चाहिए ताकि देखने में दिक्कत ना आए ये देखो आगे जब हम लोगों लेवर आ जाएगी और किन्छाव होगा तो आप देखेंगे आगे पार्ट टू में आप हमारे साथ बढ़ते रहिए और किन्छाव वाली धान का कैसे होती है उसकी जानकारी लीजिए धन्यवाद और अगर हमारे चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को बेल बेलाइकन ज़रूर दबाइए आपको नई जानकारी मिलती रहेगी और क्रमबद्धता तरीके से आपको ये भी पता चलता रहेगा कि हमारी धान किस पोजीशन पे आ गई है कैसी है क्या है विथ आपको कटाई तक मैं आपको ग्रॉस बेट तक की जानकारी दूंगा कि कितनी कितने बीगे में कितनी धान निकली है ये हमारा खेत है नौ एकड़ एक का तो आपको जानकारी मिलेगी नौ एकड़ एक में कितनी धान निकली है धन्यवाद